जरूर बढ़ा देंगे आंधे पहलवान जिसे से मेरी प्रार्थना है दंगल हमारे बीच में बहुत बड़ा है, है। बराबर में कुछ भी कराएंगे आप आइए कि जनता दराधार को भी दूर दिलाया जा रहा है हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से लोग आए आज से निवेदन करते हैं कृष्ण पहलवान जी आप जरूर प्रभाव से दंगल जाए और हमारे चैनल के साथी भी बहुत बहुत बधाई के बाद कर रहे हैं जो सीधा अपना सीसीटीवी कैमरे में पैद कर रहे सीधा लाइव आपके मध्य आठ देशों में सीधा प्रशांत चल रहा है दंगल का भाई हमारे टोराटोर चैनल के मालिक मैं कहूंगा तो माननीय ऋषिपाल जी और हमारे भाई संजय मोर साहब ज़ियो ज़ियो। और हमारे बीच में पुलिस के कर्मचारी भी आए हैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन वादन है आइए कृष्ण पहलवान जी निवेदन करूंगा पहलवान जी आप आइए स्वागत है टोरा टोरा तो चैनल के संवाददाता ऋषिपाल जी नगर हरियाणा दंगल प्रेमी यूट्यूब चैनल और रेसरिंग सुपर टीवी लाइव जीता सीता प्रसाद आपके मध्य चल रहा है छोड़ा हरियाणा का और हमारे भाई संजय मौर्य केवल केवल जिन्होंने यूट्यूब के जरिए करे अगर पॉइंटों के आधार पर ये कुश्ती होती उस पर कब डिसीजन हो जाता है ये आसमान खुले आसमान खुल के नीचे खुला दंगल आपके मध्य चल रहा है और हमारे बीच अगला मुकाबला दर्शन पहलवान हिंद केसरी धाल केसरी हरियाणा के श्री हरियाणा कुमार जिन्होंने बहुत सारे किताबें जीते हैं और हिंदुस्तान का गौरव भी देशों में बढ़ाने का काम किया है उमान सच्चेत भी हमारे बीच में जिन्होंने करोड़ों करोड़ के कुश्ती दंगल जीतने का काम किया है शहीदी दिवस के ऊपर उमान सच्चेत हमारे बीच स्वागत अभिनंदन है पहलवान जी का दूसरे पहलवान प्रिंस कोहली पंजाब पंजाब का योद्धा और हरियाणा के योद्धा के बीच में काटे का मुकाबला होगा एक लाख रुपए की, की कुश्ती आपके सामने चल रही है और एक, एक लाख रुपए की कुश्ती आपके मदद बाकी है पहलवान जी आपका स्वागत है आ जाओ पहलवान जी रहे पंचायत बात हैं। और जो टहल जाओ ठीक बात आ जाओ जाओ आ गया समय का अब आओ है सर हमारे पास हाँ हाँ हम भी चाहते हैं कि सूर्य की रोशनी में इस कुश्ती दंगल का हो जाए आज हमारे भगवान रूपी कुश्ती प्रेमी भी, भी जोश में आए आज इन आसाउ उम्मीद है कि दंगल में जरूर तोड़ होगा जोरदार साले बारे पंजाब के योद्धा के लिए और हरियाणा के योद्धाओं के बीच में काटे का मुकाबला ठीक है मैं जित पहलवान भी कह रहे मलिक साहब उसने एक लाख रुपए की श्रवाद ग्यारह हजार का ठीक है बात एक लाख रुपए छोटी बात नहीं है बहुत बड़ी नजराशी हो जाती है बड़ी मेहनत करी है हमारे साथियों ने हर हर टाइम रोज ग्यारह भाई हाँ जी घर वादे के हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी अच्छा फिर बाद में करवा अच्छा ठीक तो, है ठीक है ठीक है बोलवा बहुत बात ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके हो गया सब तो जाएंगे सब दूर दराज से आए हैं आए हैं दस मिनट में बाकी हो रहे हाँ जी हाँ जी नारायण छोड़ जाए उनका मनवा करवा देंगे हरे आ जाओ ठीक है सर पच्चीस मिनट का समय है ये भी एक लाख रुपए की पुष्टि है धन्यवाद करूंगा भाई जी रहा भाई बेगन पहलवान पर कई बार इन्होंने उन्हें धार केसरी का किताब जीता है करोड़ करोड़ तो रुपए के टन में जीतने का और हमारे बीच में ट्रेन से वो ले पंजाब ये पहलवान पंजाब का एक अचोर राष्ट्रीय बजाय एक हरियाणा का पहलवान है एक पंजाब के योद्धा दोनों दो पहलवानों के बीच में काटे का मुकाबला समय पच्चीस में और एक लाख रुपए की कुश्ती आपके सामने दूसरे नंबर की छुट्टी धन्यवाद हाँ करवा देते मुकाबला आप बेहतरीन उम्मीद करूंगा कुश्ती ये फाइनल होनी चाहिए दर्शकों की पहली निगाहें आपकी तरफ देख रही है बैठ जाए बैठ गया पहलवान बधेरा ना कोई तरह तोड़ हाथ बैठा बहुत बेहतरीन मुकाबले एक एक लाख रुपए की दो तो लाख रुपए की पुष्टि आपके सामने कर रही बीद करके दोनों पहलवानों से बिल्कुल रायप के लिए फैसला होना चाहिए ईमानदारी से होना चाहिए मिलकर के कुश्ती ना लड़े प्लीज हमारी प्रार्थना है मैं संचालित रहा हूं पवित्र स्थान पर हमें भी कई बार खेलों में जाने का मौका मिलता है लोगों का कुश्ती से मुंह भंग हो रहा है क्योंकि कई बार कुश्ती आर पार की नहीं होती लोग सरकम कपटी में ज्यादा विश्वास रखते हैं का मैच हो तो डेढ़ सजा हो जाएगा जीलिए निवेदन करना चाहूंगा पहलवानों से आर पार की लड़े लोग आपसे उम्मीद करके आए हैं, उम्मीद लेकर के आप जाए हैं कि इस कुर्सी दंगल में जरूर तोड़ होगा होगा चटपट्टी जरूर होनी चाहिए अपना फेवरेट गाय दिखाए दिखाए साथ में पहले नंबर की खुर्टी का जो मुकाबला उसके साथ मैंने शेष बताया है समय का भी हमारी ऊपर अच्छा तो देख सकते हैं अगर कोई दर्शन रुपया की कुश्ती देखने का इच्छुक है तो कैमरा टू तो पर चली गई इसी चैनल पर कैमरा टू तो माटे माटी लगा देख हां समय का भी ढंग रखे शांति बनाए रखे कोई होटिंग ना करी बजा रहे हैं होटलों के लिए जोर जोर सावरी बजार देख लो बढ़िया हमारे पास तो भाई अंकित नरवाल जी ठेकेदार साहबा ठेकेदार पैल ठेकेदार रोजदार मदीना सभी साथी मिलकर के भाई मेरा भी ग्यारह सौ रुपए से मान सम्मान करते हुए इन साथियों का बहुत तो बहुत धन्यवाद ठेकेदार साथियों का और एक लाख रुपए की धनराशि देने का कार्य किया है इस कुश्ती मेरे के लिए ये हमारी जो दूसरे नंबर की कुर्ती चल रही है जैसन भैयापुर बराबर के दो कार बराबर की कुश्ती दोनों एक एक लाख रुपए की धनराशि दोनों दोनों गुस्सियों के ऊपर चल रही है आप सर उम्मीद करते हैं भाई एक बात दिन में मेरे पास आई थी नोट करवा गए थे कि नाथ डेरे के संचालक हमारे महाराज गोपानंद जी महाराज जी को आठ या दस लाख रुपए की गाड़ी भेंट करेंगे यह बात आई थी सर लिखवा के गए थे हमारे पास कमेटी वाले हिंदू चाहते थे दूसरे पहाड़ से जो लिखवा के नहीं, के नहीं के थे हलो हेलो जी बलबीर लादी समय बात ही है कु यार भारतीय जनता की भी आवाज हर कमेटी की भी आवाज आवाज और हमारे भाई अंकित नरवाल ठेकेदार साहब साहब बैल भाई पवन भाई भाई कृष्ण गाथा भाई भाई भाई सब मिलकर के एक लाख रुपए की धनराशि की कुश्ती जो हमारे भाई के बहन भैयापुर और, और प्रेर कोहली के बीच में जो मुकाबला चल रहा है उनकी तरफ से एक लाख रुपए की धनराशि देकर के इन पहलवानों का मान सम्मान किया जाएगा दोनों तरफ से मुकाबले एक एक लाख रुपए के मुकाबले दो लाख रुपए के मुकाबले आपके मन में भाई धानी चार से कुछ के नहीं नहीं नहीं नहीं बढ़ाए नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। कि कोई झगड़ा ना करे, करे कोई ऐसा कार्य ना करे भाई कोई को नहीं आएगा पुलिस पुलिस कमेटी आए न रहेंगे नहीं भाई पहलवाने का यह धर्म नहीं है आप ईमानदारी से कुछ नहीं लड़िए कुछ नहीं लड़िए आप ईमानदारी से लड़िए हमारा आपसे प्रार्थना है लिए कैं और लिए बराबर के पहलवान मानता हूं हेलो हेलो बेहतरीन मुकाबले यहां पर उम्मीद करते हैं बैठा बैठाएंगे थोड़े पुलिस वाले शादी से रात्र और और पंजाब के बीच मैच है हमारे हमारे भाई बहुत ही जो हमारे हमारे जम्मू एंड कश्मीर से उत्तमपुर से उन्होंने एक संदेश भेजा है लाइव चैनल के साथियों को वो लाइव रहे की बहुत बढ़िया कुश्ती मेला बाबा गोसाही वाले के पवित्र धार्मिक स्थान पर चल रहा है अमिता फौजे जी का भी धन्यवाद करके श्रीनगर से उनका फोन आया है वो अपने क्वार्टर में बैठ करके इस सीता प्रसान को देखने को इसके दंगल मेले बाबा गोसाई वाले के पवित्र धार्मिक पर जो कुश्ती मेला चल रहा है उन्होंने बहुत बहुत बधाई दी है यहाँ के टीवी चैनलों के साथियों को भी बस हो गया एक बहुत उन्होंने का शायद तोड़ नहीं होगा मुझे उम्मीद नहीं के तो बंदी क्या चाहती हो बोलो तो बोलो दस में क्या चाहते हैं खजरा होगा बस तो में तोड़ दो आ ठीक है वो एक लाख रुपए खोला खोले एक लाख रुपए का काम है दस भी तोड़ दे दो ठीक भाई पहवानों से मेरी प्रार्थना है आप अंदर बनाइए प्लीजी भाई आंसर नहीं आएगा पुलिस प्लीजी भाई जाओ भाई बैठ कुछ ट्रेन से लड़े बना बनाकर के पहले भाई जाओ कुछ बाद में आपने रोजाना कुछ लड़ ली हमने लिए बराबर है भाई कोई गांव का पहलवान नहीं गांव आने का पहलवान है हमारे लिए आप आपको बराबर है किसी पहलवान के साथ कोई पक्ष बात नहीं करेगी हमारा फैसला है डीसीजी है जो ऑफिसर है हमारे लिए स्वरूप्री है जंगल कमेटी की तरफ से डिसीजन देने की छूट दे देगी अरे भाई कोई बात नहीं पहलवान पहलवान बहुत थोड़ा लेकिन प्यार से दस मिनट का समय दिया पहनी तो तो कोई बात नहीं आप सम्मानित पहलवान है ठीक है सर ठीक है सर ठीक है दस मिनट का समय नहीं दिया भाई बाहर और नहीं आएगा बाहर बाहर का कोई नहीं आएगा पहली हमारी प्रार्थना है दोनों सम्मानित पहलवान हमारे देश की आन बानिशान है हाजी जी ठीक हो गया भाई पहलवान जी कोई बात नहीं दस मिनट तो कही ना भाई हट लियो दस मिनट की कमेटी ने फैसला कराया कोई बात बात कमेटी का फैसला जोड़ू मारो दस मिनट का समय दे दिया दस मिनट का समय ले दोस्त चलो भाई पहलवान फैसला कमेटी कमेटी देना है बारे कुर्सी को इनाम देना ना देना कमेटी का अपना डिजन दे सदम उठवा हाँ, हाँ। गुरु नजर आओ पहलवान जी ने भी मजापटक पहलवार बैठे कोई मजार पड़कर लड़ाई बार कौन कि फो गड़बड़ हो जाए बैठिया मारे राजी देना तो देखी नहीं नी बताई जगह मैं कह थोड़ी देरी हो गया भी उम्मीद थी बहुत ज्यादा उम्मीद दोनों तो पहलवानों से हमारी हमारी कुश्ती का जरूर तोड़ करेंगे जितने हमारी उम्मीद थी उम्मीदों पर तो खरा नहीं पहलवान पहलवान उम्मीद हमने इससे बहुत ज्यादा थी। देखो The... <laughs> पर तो जो जो है, है। पंद्रह मिनट कुछ भी समाप्त हो चुके हैं देख दो बड़ी ज्यादा है। प्रार्थना हमारी धन्यवाद मेरे भाई विजय सरपंच का भाई पिल्लू ठेकेदार जी का और दूसरे मेरे भाई, भाई अंकित ठेकेदार जी पूरी टीम का अंदरवाल साहब का जो दोनों गोष्ठियां कर रही है एक एक लाख रुपए की धनराशि इन पहलवानों के जो ऊपर खड़बड़ी है हमारी समाज दंगल कमेटी की तरफ से भाई जो जीतेगा वही सिकंदर लाख रुपए की धनराशि इसके खाते में मिली जाएगी अगर बराबर है तो उसका डिसीजन सम्मानित नगर कमेटी देगी क्या देना है नहीं देना क्या होगा होगा वो भविष्य के गरज में है भाई देखाओ पर देख लें अपना काम करो अच्छा, अच्छा।, अच्छा।, अच्छा। समय कितना होगा भाई कुछ लड़े पहलवान नहीं होगी अरे कोई ऐसा क्या किश्ती लड़ो कुश्ती लड़ो कुछ दर्शकान भाई पूरे दो में दो पूरे दो भी तरे भाई उसको लोड़ होगा हो तो दोस्त सा साहब है टाइम पास ना करो मेरे मेहमानों से हमारी प्रार्थना टाइम पास कर रही हो लगातार देखिए हमारे दर्शकों की उम्मीद चूं थी जिस उम्मीद के साथ आए थे जो भावना इनके अंदर थी कि आप उनकी भावनाओं का सम्मान करेंगे आज उधम श्रीनगर से लाइव देख रहे हैं कुर्सी दंगल का उन साथियों ने भी सुख संदेश भेजा है की बहुत बढ़िया कुश्ती दंगल चल रहा है फिर उम्मीद करते हैं अभी अभी और पुलिस भाई खा गया शांति का दाम दे शांति काम दे पुलिस भारी का आप सभी से अभी समय बाकी है हेलो हेलो अभी का समय दे दे दे दे दो दे दो, दे, दो, दे, दो, बाद में कर दे दो भाई पहले क्या हो गया गुरु जीतों के दिमाग बन जाए जाए दोनों नौने हो गया सर समय से होगा हो गया भाई पानी छुटेगा कमेटी <laughs> स्वागत